हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा YouTube वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं दोस्तों YouTube वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है काइनमास्टर काइनमास्टर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक भी डाल दिया है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों जैसे ही आप काइन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने आ जाती है क्रिएट न्यू तो चलिए मैंने थोड़ा सा बैक कर दिया मैं से फिर दोबारा से ओपन करूँगा और जैसे ही ओपन करूँगा यहाँ पर आ जाएगा जो प्लस का आइकन लगा हुआ क्रिएट न्यू तो दोस्तों हमें क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है क्रिएट न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी कि यूट्यूब इंस्टाग्राम आपने जिसके लिए भी कोई वीडियो बनानी है तो वो आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा उसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम जाएँगे दोस्तों लेयर और मीडिया में मीडिया में दोस्तों बैकग्राउंड तो पहले हमें अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड लगाना होगा तो बैकग्राउंड आप कोई भी लगा सकते हो उसका भी लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहाँ से कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर जैसे मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है तो मैं मेरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर दोबारा से मैं सिलेक्ट करूँगा थोड़ा बैकसाइट रह गया था तो मैंने ये फ़ोन वाला जो है बैकग्राउंड यहाँ पर ले लिया और आपको क्रॉस वाले बटन पर जाना तो ये हमारा पहले दोस्तों एक बैकग्राउंड है इसे हम पहले सेट करेंगे यहाँ साइड से देखिए थोड़ा ब्लैक सा आ रहा है तो यहाँ पर क्रॉप करेंगे और कैची के जो साइड में बटन बना हुआ डबल वाला आइकन उस पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई यानी बराबर पर क्लिक कर देंगे और उसे खींच के थोड़ा सा बड़ा करेंगे ये इसलिए बड़ा करेंगे जो साइड कॉर्नर ब्लैक है वो हमें ब्लैक यहाँ पर नज़र ना आए उसके बाद हम फिर लेयर पर जाएंगे और मीडिया पर जाएंगे यहाँ पर जो आपने वीडियो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है या कैमरे से की है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो वीडियो मैं लगा रहा हूँ उसे सिलेक्ट कर लिया है और ये थोड़ी सी टाइमिंग देगा और जैसे ही टाइमिंग देगा ये प्रॉपर हो जाएगा तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लूँगा दोस्तों क्योंकि जो वीडियोस आप लगाते हो उसमें थोड़ा सा ये टाइम लेता ही होता है जैसे टाइमिंग पाँच मिनट भी लग जाती है दस मिनट भी लग जाती है तो ये धीरे धीरे मेरा जो है टाइम यहाँ पर सेट हो रहा है तो जैसे ही ये फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम अपने यहाँ पर पेज पर थे वहीं पहुँच जाएंगे तो चलिए इसे पहले मैं इंस्टॉल होने देता हूँ तब तक वेट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब का जो बैकग्राउंड वीडियोस आप चेंज क्यों करते हैं क्योंकि जिससे हमारी वीडियो अच्छी बने और जो देखने में भी अच्छी लगे ताकि लोग हमारे जो है वीडियोस को देखें और उसे लाइक करें तो इसलिए हम अपने बैकग्राउंड वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं इसे पॉज करूँगा दोस्तों और इसे फुल पर क्लिक करूँगा क्योंकि आपने देखा हो दोस्तों कई वीडियो में बैकग्राउंड बहुत जल्दी चेंज है कोई मोबाइल वाला फ्रेम है तो मैं आज इसमें आपको मोबाइल वाला फ्रेम भी बताऊँगा और बैकग्राउंड भी इसका चेंज करके ही तो यहाँ पर वीडियो को मैंने दोस्तों पॉज कर दिया था अब दोबारा से इसे ऑन करूँगा तो मैं आगे देखूँगा कि ये जैसे जो लकीर हमारी जब तक पूरी नहीं हो जाएगा मैं वीडियो को स्किप नहीं करना और बैक भी नहीं करना अगर आप कैंसिल कर दोगे ये दोबारा से ही स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसे पहले पूरा करना चाहूँगा और दोस्तों आपको बताता चाहूँगा कि जो यूट्यूब बैक या मोबाइल फ्रेम या जितने भी आप इसमें चेंजेस करना चाहिए कर सकते हो और वीट्यू जो जैसे कोई यूट्यूबर है या नए नए यूट्यूबर होते हैं अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए तो दोस्तों स्टार्टिंग से आप जो भी सीखते हो वो यूट्यूब से ही सीखते हो जैसे मैं भी कुछ सीख रहा हूं तो यूट्यूब से ही सीख रहा हूं तो किसी का देख देख के आप सीख सकते हो और खुद का बनाएं किसी का कॉपी ना करें क्योंकि कॉपी में जो आप कॉपी करोगे वो कॉपी भी यहाँ पर लग सकता है तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो अपना वॉइस है वो खुद की डालें या वीडियोज़ है या स्क्रीन जो भी आप बनाना चाहते हो देखें वहाँ से कि कौन कैसे वीडियो लाता है किसका सही वीडियो है आप यहाँ से यूट्यूब से चेक करके और अपने मोबाइल या वॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियोस बनाकर कर यूट्यूब पर डालें तो दोस्तों शायद आपका चैनल जो बहुत जल्दी ग्रो भी करेगा मोनेटाइज़ भी लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप कोई भी चैनल बनाते हो दोस्तों उसको टाइम बहुत लगता है साल भी लग जाता है डेढ़ साल भी लग जाता है तो आप रेगुलर ही वीडियो बनाते रहें और मेहनत करते रहें मेहनत तो ज़रूर रंग लाएगी दोस्तों तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप खुद का वीडियो डालेंगे और सीखेंगे क्योंकि सीखने के लिए हमें जो YouTube है गूगल्स है आप वहाँ से कुछ भी सीख सकते हैं देख भी सकते हैं क्योंकि जो जैनवनी चीज़ हमें के चैनल तो बना लेते हैं पर हमें कुछ चीज़ों जो अंदर की होती है हमें पता नहीं होती है तो आप YouTube से सर्च करते रहें और आपको पता लगता जाएगा दोस्तों को कैसे क्या करना होता है तो चलिए ये मेरा वीडियो जो है यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है अब मैं क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऐसे मेरा जो वीडियो यहाँ पर आ गया तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसे साइड में खींचूँगा ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसे बड़ा करूँगा तो बड़ा करने के बाद जब इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा उसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत होगी एक मोबाइल फ्रेम की तो हम लेयर पर जाएंगे फिर मीडिया पर जाएँगे जो मोबाइल फ्रेम जैसे आपने किसी वीडियो में देखा होगा दोस्तों हाथ में मोबाइल और उसके अंदर वीडियो चल रहा है तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए जैसे अब मैंने मोबाइल फ्रेम लाया इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा कि मुझे लग रहा है मोबाइल के अंदर नहीं आ रहा है तो आप इसे खींचकर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेट भी कर सकते हैं क्योंकि अब देखिए जो हमारा वीडियो था अब मैं इसे प्ले करूँगा या प्ले साइड में रखे जो वीडियो था मेरा छोटा लग रहा था मैं इसे थोड़ा खींच कर बड़ा करूँगा बड़ा करने के लिए उसको तो आपको जो मिडल वाले यहाँ पर क्लिक करना होता है और इसको यहाँ पर क्लिक करना होता है जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया दोस्तों तो हो सॉरी दोस्तों ये फिर से बैक हो गया मैं दोबारा से इसे स्टार्ट करूंगा चलो वहीं से मैं स्टार्ट कर लूँगा जहाँ से मैंने लगाया था ये देखिए दोस्तों तो जैसे ही आप इसे अभी देख रहे हो कुछ नहीं है तो हमें इसे आगे करना होगा जैसे आगे किया अब मैं वीडियो को यहाँ पर प्ले करता हूँ अपनी वीडियो को कि मैं देखता हूँ कि मेरी जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग है या जो मेरा फोन फ्रेम वो सही आ रहा है आपको एकदम तरीका जो देखना होगा वो यहाँ पर ये देखना होगा चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ तो देखिए दोस्तों मैंने इसे ऑन किया मेरी वॉइस भी अच्छी आ।, आ रही है और जो फ्रेम है मेरा फ़ोन का मोबाइल फ़ोन का वो भी अच्छा लग रहा है तो जब तक आप इसे सुनते रहें और देखते रहें कि ये ठीक ठाक लगा है कि नहीं और एक हमें बैकग्राउंड की और ज़रूरत होगी यहाँ पर तो मैं फिर से लेयर पर क्लिक करूँगा और मीडिया पर जाऊँगा तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन ग्रीन बैकग्राउंड लेना होगा जो ग्रीन बैकग्राउंड क्यों लेना होगा जैसे हमारा कोई सब्सक्राइब का बटन होता है ना दोस्तों उसके लिए हमें ग्रीन बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ से उसे कॉपी करके एक ग्रीन बैकग्राउंड कोई भी डाउनलोड कर सकते हो जैसे आपने ग्रीन बैकग्राउंड डाउनलोड किया यहाँ पर फैक्ट किया क्रोम की पर गए और क्रोम के की को ऑन कर दिया तो हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है वो देखिए जो ग्रीन बैकग्राउंड हो वो यहाँ पर से निकल जाएगा और अकेला जो है बटन रह जाएगा तो यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो बटन के अंदर अगर नहीं लिखना चाहें तो रहने दे सकते हो क्योंकि सब्सक्राइब ही काफ़ी होता है तो यहाँ पर जैसे मैंने इसे साइड में सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं दोबारा से अपनी वीडियो को ऑन करूँगा तो चेक करूंगा जो मेरा बटन्स है वो सही आ रहा है कि नहीं या मेरे जो फ़ोटेज लगे वो सही आ रहे हैं कि नहीं तो चलिए मैं अपना वीडियो दोबारा से यहाँ पर ऑन करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा प्रॉपर ही फिट आ गया है अगर आपकी वीडियो बड़ी है और आपका बैकग्राउंड छोटा है तो बैकग्राउंड बड़ा करने के लिए आप सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और उसे धीरे से आगे खींचेंगे तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आप किसी खींच सकते हैं चलिए दोस्तों मेरा जो ग्रीन वाला बैकग्राउंड वो सही सेट नहीं हुआ था तो मैं दोबारा वाला अपने वाला चूज़ करूँगा कि यहाँ पर मैं जो दोबारा से सेट कर सकूँ तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी अपना जो नाम का चैनल सब्सक्राइब बटन या कुछ भी लगा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप ग्रीन बैकग्राउंड यूज़ करते हो और उसे यहाँ पर जो है लगाओगे तो ग्रीन की के सामने से हटा भी सकते हो तो ये सिर्फ सब्सक्राइब बटन रह जाएगा तो मैं जो देख रहा था मैंने अपने नाम का बनाया था शायद मैं उसे ही देख रहा था इसमें तो वो मुझे मिल नहीं रहा है तो चलिए मैं ऐसे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि आपको जो है बैकग्राउंड कैसे भी डाउनलोड कर सकते हो वीडमेड से भी कर सकते हो या वहाँ से यूट्यूब से डाउनलोड करके बट दोस्तों वीडमेड से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है तो दोस्तों जैसे ही आप बैकग्राउंड लगाते हो या बैकग्राउंड चेंज करते हो तो आपका जो सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर रह जाता है तो दोस्तों ऐसे आप हर किसी वीडियोस का बैकग्राउंड या मोबाइल फ्रेम बना सकते हो जो भी आप वीडियो देख रहे हो वीडियो दोस्तों वीडियो मेरा पूरा देखें और स्किप ना करें क्योंकि इसमें छोटी सी चीज़ें होती है अगर आप मिस कर गए तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने जो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का लगाया था वो मेरा प्रॉपर फिट हो रहा है और मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी वॉइस है या मोबाइल रिकॉर्डिंग है वो भी यहाँ पर प्रॉपर हो रही है आपको कोई भी यहाँ पर लगता है तो उस पर क्लिक करेंगे और खींच कर से बड़ा छोटा भी यहाँ पर कर सकते हो जैसे मैं अपना बैकग्राउंड आपको बड़ा करके बताता हूँ क्योंकि वीडियोज मेरा बड़ा है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपना वीडियो बार बार देख रहा हूँ बार बार चला रहा हूँ वो इसलिए कि मुझे पता लग जाए कि जो मेरा मोबाइल फ्रेम का स्क्रीन है वो सही फिट हुआ है और बैकग्राउंड है जो सही फिट हुआ है अब मैं बैकग्राउंड को अपने को बढ़ाऊंगा दोस्तों क्योंकि हमें पूरी वीडियो पर लगाना होता है अब बैकग्राउंड को पूरी वीडियो पर लगाएं और नीचे जो मोबाइल फ्रेम है उसको भी पूरी वीडियो पर लगाएं ताकि आप वीडियो चलाते रहें तो बैकग्राउंड आपका वही रहेगा तो हाँ यहाँ से जैसे छः मिनट का सात मिनट का आपका जो भी वीडियो है आप खींच कर लंबा कर सकते हो और उसके लास्ट तक भी लगा सकते हो तो दोस्तों ऐसे आप अपने मोबाइल वीडियोज़ का जो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और उसे YouTube पर डाल सकते हो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें तो जैसे आप वीडियोस बना लेते हो उसे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन इसमें आ जाती है जो ऊपर आइकन बना हुआ एरो वाला वहां पर आप क्लिक करोगे तो इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो तो ये जो मोबाइल फ्रेम के जो होते हैं वो हमें वीडियो जो बनती है हमारी उसमें थोड़े अच्छे लगते हैं इसलिए मोबाइल फ्रेम भी लगा लेते हैं अगर आप मोबाइल फ्रेम नहीं लगाना चाहते तो लैपटॉप फ्रेम भी लगा सकते हो कि ताकि आपकी वीडियो थोड़ी और अच्छी हो जाए दोस्तों तो जो मेरा पिछला वीडियो था आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसमें बैकग्राउंड चेंज किया है और मोबाइल फ्रेम भी लगाया है तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आपकी आप सभी लोगों को, को पता लग जाए कि बैकग्राउंड और मोबाइल फ्रेम कैसे लगाते हैं तो दोस्तों जो कायल मास्टर ऐप है हमें बहुत अच्छी लगती है आप आजकल तो बहुत ही फेमस है तो उससे आप आसानी से जो बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो और आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि काइन मास्टर एक बहुत ही अच्छा ऐप है आप वहाँ से यूज़ करके उसे जो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो तो दोस्तों मेरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर अब जो मेरा प्रॉपर फिट हो गया है वीडियोज़ मेरा फिट हो गया है अब मैं इसे सिम्पली डाउनलोड करूँगा तो जो मेरा एरो वाला बटन है मैं उस पर क्लिक करूँगा तो जैसे मैं एरो वाले बटन पर क्लिक करता हूँ ये यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपने सेव करनी है वीडियो तो सेव कर सकते हो नहीं तो आप इसे यहां पर रहने दो जैसे ही सेव किया तो ये देखिए ये मेरी सेविंग हो रही है दोस्तों अब यहां पर ये मेरी फटाफट से सेव हो जाएगा जैसे ही सेव हो जाएगा आप इसे गैलरी में रख सकते हो फाइल मैनेजर में रख सकते हो वहां से रखे आप इसे यूज़ करके जो अपने यूट्यूब वीडियोज़ चैनल्स है उसमें डाल सकते हो क्योंकि जब आपको एक YouTube चैनल बनाते हो तो हमें वीडियोज भी थोड़ा थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए स्टार्ट में चलो आपको बैकग्राउंड नहीं पता लगता है कैसे बनाना है धीरे धीरे सब पता लग जा क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बैकग्राउंड नहीं लगाए तो मुझे भी पता लगा तो मैंने बैकग्राउंड बनाया और लगाया इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली ताकि जो एक नए यूट्यूबर होते तो वो अपना वीडियो जो चेंज करके बैकग्राउंड वहाँ पर डाल सकते हैं